हाय एक और न्यू वीडियो पे आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक बैनर बना सकते हो सो गाइस आपको मैं पिछले वाले वीडियो पे सिखाया था कैसे आप एक प्रोफेशनल तरीके से लोगो बना सकते हो लेकिन गाइस उस वीडियो के अंदर मैं आपको बैनर बनाना नहीं सिखाया था बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक प्रोफेशनल तरीके से बैनर बना सकते हो देखो गाइज मैं हर एक वीडियो पे एग्जाम्पल देता हूँ इस वीडियो के अंदर भी एग्जाम्पल तो मैं दुविंगा ही दूंगा तो देखो अगर कोई आदमी या फिर कोई लड़की है ठीक है वो देखने में बहुत सुंदर है लेकिन उसका ड्रेसअप अच्छा नहीं पहनते तो देखने में उसको उतना भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि गाइस एक ड्रेसअप उसको एकदम अच्छा बना, बना इंसान को गाइस एक ड्रेसअप पहन के उसको अच्छा बना देता है सो so, ऐसे गाइस हमारे चैनल के ऊपर ऐसे काम करता है हमारा बैनर और लोगो सो so, अगर आपका बैनर और लोगो अच्छा होगा तो आपका प्रोफेशनल मतलब देखने में आपका चैनल प्रोफेशनल लगेगा सो so, यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखाऊंगा कैसे आप एकदम जल्दी में कैसे एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो जो कि गाइज आपका भाई का चैनल पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से बैनर है लाइक ऐसे ही बैनर बना के आपको दिखाऊँगा एकदम जल्दी में और हाँ गाइज इस चैनल पर आप लोगों को जीरो से लेके हीरो तक मिलने वाला है सो so गाइस इस चैनल के अंदर मैं आप लोगों को प्रो यूट्यूबर बनाने का मौका दे रहा हूँ मतलब फ्री फ्री ऑफकोर्स फ्री वीडियो डाल रहा हूँ मतलब कैसे आप जीमेल मेल बनाए कैसे चैनल बनाए कैसे लोगो बनाए कैसे बैनर बनाए कैसे वीडियो अपलोड करें मतलब समथिंग बहुत कुछ सिखाऊंगा और भी गाइस बाकी है गाइस जो कि गाइज हर एक यूट्यूबर कोर्स सेल करता है और उस कोर्स का पैसा लेता है तीरस से चालीस हज़ार रुपये ले लेता है और गाइज आपका भाई आप लोगों को सिखाएगा एकदम कैसे फ्री में आप लोग यूट्यूब चैनल बना के उसके अंदर से आप लोग लाखों रुपए कमा सकते हो मतलब गाइस आपका भाई आप लोगों को फ्री में गाइज सिखा रहा है यूट्यूब का नॉलेज तो जाओ अगर चैनल चेकआउट करो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना अगर अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब नहीं करना एंड गाइज इस वीडियो के अंदर चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिखाता हूँ कैसे एक बैनर बनाना उसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो भी आपको सिखाएंगे कैसे आप एक वीडियोस अपलोड कर सकते हो प्रोफेशनल तरीके से अपने चैनल के ऊपर क्योंकि इस देखो इस चैनल के अंदर मैं आपको सब कुछ सिखा दिया कैसे जीमेल बनाना उसके बाद मैं सिखाया है उस जीमेल से कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है वो यूट्यूब चैनल से आप यूट्यूब चैनल पे आप लोग कैसे लोगों सेट करना मतलब तो लोगों बनाना तो उसके बाद बारी आता है हमारा बैनर बनाने का तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद गई नेक्स्ट वीडियो आ कैसे आप लोग एक वीडियो अपलोड कर सकते हो दो का न्यू तरीके से सो यार आप लोग वर्ड जरूर से करना एंड गई इस थमने के लिए गई एंड गई इस बैनर के लिए तो गई एक लाइक कर देना क्योंकि इस 2023 का बूम बम बैनर होने वाला ये वाला बैनर तो चलो यार जल्दी से आप सभी लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बैनर बना के चला आता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे आ गया एंड आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करनी होगी अगर आप लोगों को प्रोफेशनल बैनर बनाना है तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है पिक्सेल लैब इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एंड पिछले वाला वीडियो में आपको देखा था इस एप्लीकेशन से कैसे आप प्रोफेशनल तरीके से एक लोगो बना सकते हो तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखा तो आपको तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और अगर जितना भी सारे बड़े बड़े क्रिएटर है यूट्यूब के ऊपर तो हर एक क्रिएटर इस एप्लीकेशन की यूज़ करता है लाइक मैं इस एप्लीकेशन को हर साल से यूज कर रहा हो गई मेरे को काफी जबरदस्त वाला एप्लीकेशन लगता है ये वाला क्योंकि गाइज इस एप्लीकेशन के अंदर हर एक क्वालिटी होता है आप थामनेल बैनर लोगो जो चाहे वो बना सकते हो जस्ट गाइस आपको उस चीज़ों के ऊपर नॉलेज रहना चाहिए सो so, यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा तो आपको क्या करनी होगी ठीक है सबसे पहले आप लोग क्या करना है मेरा डिस्क्रिप्शन ओपन करना एंड देन वहाँ पे देखना मैं यहाँ पे तीन चार पी एन जी के लिंक दे दूँगा आप लोग वहाँ से जाके उस तीन चार पी को डाउनलोड करना होगा जिसका बैनर का साइज होगा और कुछ एवरीथिंग कुछ होगा ठीक है तो आप लोग सारे के सारे मेटेरियल को डाउनलोड करना होगा सो so, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करनी होगी इस एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना सो आने के बाद देन आपको क्या करनी होगी यहाँ पर आप लोग ऊपर देख देन देन देन क्लिक क्लिक क्लिक कर क्लिक, तो कर okay? क्लिक कर कर, कर देना देना पे पे पे करने करने के के बाद बाद आपके सामने कुछ कुछ ऑप्शन आ जाएगा आपको आपको आपको ऊपर आप लोग मैं दूंगा उस पी को डाउनलोड करना तो सबसे पहले आप लोग इस बाद में आप लोग इसको लगा सकते हो उसके बाद क्या करना होगा आपको क्या करना नहीं होगा सबसे पहले देखो ये तो हमारा बैकग्राउंड आ चुका है एंड हमको यहाँ पे एक ये चाहिए एक साइज चाहिए ना यहाँ पे जो ये बैनर हमारा पतली सी होगा तो हमको वो साइज़ कहाँ से लाना तो उसका भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लेना है सो देन आपको क्या करना नीचे यहाँ पे दे सकते एक ऑप्शन उसके बाद ए वाला ऑप्शन पर एक ऊपर क्लिक कर देना दैन वाइज आपको यहां पर देखने को मिलेगा स्टार के बगल में इनपुट ऑप्शन है तो आपको इनपुट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो इसको ऑपर क्लिक करने के बाद आपको मैं यहां पे YouTube बैनर कवर का साइज दे दूंगा तो आपको इसको डाउनलोड तो कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर राइट पर क्लिक कर देना है सो so, इसको डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ पर इनपुट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा हाथ से इसको ट्रैक करके भी कर सकते हो लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा आपको नीचे जाना है ये पे आप लोग देख सकते हो साइज का ऑप्शन है इसको हंड्रेड कर देना इसको हम भी हंड्रेड कर देना है देन आपको इसको राइट कर देना है उसके बाद आप लोगों को क्या करनी होगी आपका जो ये चीज़ ना है ये आपको लॉक करनी होगी जो ऊपर का जो मैंने जो साइज़ का चीज़ लगाया देखो ये हिल रहा है ठीक है तो इसको मेरे को लॉक करनी होगी तो लॉक मैं कैसे करूँगा तो उसके लिए आप लोग देखते ऊपर ये वाला ऑप्शन है इसको ऊपर क्लिक कर देना देन आपको यह पर लॉक का ऑप्शन है इसको लॉक क्लिक कर देना तो देख सकते हो हमारा जो ये चीज़ ना ये लॉक हो चुका है जितना भी मैं हाथ में ये ये करूँगा फिर भी ये हिलेगा नहीं सो so, आपक भी क्या करनी होगी दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक और एक पी सेट करनी होगी जिसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर लेना है देन आपको उसको ये पे डाउनलोड करके फिर उसको इंपोर्ट कर लेना है ठीक है सो दरअसल देखो ये पे मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है सो so, सबसे पहले आपको क्या करनी है ये वाला मैं सबसे पहले ये वाला ऊपर क्लिक करके इसको मैं हाइट करके रखता हूँ ठीक है ये मैं आपको बाद में लगाना सिखाऊंगा एंड मेरे को अभी क्या करनी होगा यहाँ पर एक पी सेट करना होगा मतलब मेरा यहाँ पर फोटो यहाँ पर सेट करना होगा तो चलो ये पे मैं एक फोटो लेकर आता हूँ ठीक है सो so, यहाँ पे देख सकते हो तो इस फोटो को मैंने इंपोर्ट कर लिया है देख सकते एकदम फोर के क्वालिटी का फोटो है इसको मैंने राइट कर दिया देन आपको क्या करनी होगी यहाँ पे जूम आउट कर देना ठीक है इसको जूम आउट करके देन आपको क्या करनी है देखो इस हमारा फोटो सबसे ऊपर दिख रहा है तो हमको यहाँ पर कुछ करना नहीं हमको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना ये वाला क्लिक करके मेरा फोटो को ट्रैक करके इसके नीचे लाना होगा ठीक है देन आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा लेना उसके बाद आपको क्या करनी होगा इसका मैंने यहाँ पे मैनेज करता हूँ ठीक है तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और दैन छोटा करने के बाद मेरे को इसको मैनेज करके यहाँ पे रखनी होगी सो so, इस साइज़ के हिसाब से मैंने इसको रख दिया ओके यहाँ पे मेरा परफेक्ट हो चुका है अगर मैं ज़्यादा परफेक्ट नहीं करूँगा नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करने की दोस्तों आपको सबसे पहले जो मैं पी मैंने यहाँ पर लगाया के रख दिया था उसको आप लोग ड्रैक करके नीचे एकदम नीचे लाना पड़ेगा ठीक है यह पे क्लिक करके ड्रैग करके नीचे आना पड़ेगा उसके बाद इसको मैं आनहाइट कर देता हूँ मैं इस फोटो को लॉक कर दिया मेरा वाला तो ये हिलेगा नहीं जस्ट ये वाला हिलेगा तो उसके बाद क्या करनी होगी ये वाला चीज़ों को मैं ऐसे करके ड्रैग करके पतली कर दूँगा ठीक है so सो ये चीज़ों को मेरे को पतली करना है ऐसे करके पतली ठीक है धन इसको पतली करने के बाद आपको क्या करनी होगी सबसे पहले क्रॉप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना देन आपको ऐसा ये वाला ऑप्शन क्लिक करना ठीक है ये वाला देख रहे हो तो आपका ये चीज़ उल्टा हो जाएगा देन आपको इसको राइट कर देना तो यह पे देख सकते हो ये उल्टा हो चुका है इसको मैं ड्रैग आउट ड्रैकआउट मतलब ड्रैक करूंगा देन इसको ड्रैग करने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो चुका है रुको और छोटा करना होगा इस ऐसे करके तो हम इसको पतली करना है ज़्यादा यहाँ पर बड़े करेंगे तो कचरा लग जाएगा सो so, देन इसको मैंने यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दिया सो राइट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस चीज़ों को लॉक करके रखना होगा ताकि ये हिले ना ठीक है तो अभी मेरे को यहाँ पे फोन को ऐड करना होगा मतलब यहाँ पे जो नाम होगा ना उस नाम को मेरे को ऐड करनी होगी तो यहाँ पे मैं ये वाला उससे भी ऊपर क्लिक कर दिया यहाँ पे देखो प्लस वाला एक कऊपर क्लिक कर दिया देन इसको मेरे को यहाँ पे द्रे... ये वाला जो चीज़ है ना इसको मेरे को यहाँ पे लाना पड़ेगा अभी आ देन आपको यहाँ पर क्या करनी होगी मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख देता हूँ फटक से पटाख से नाम ले के आता हूँ सो so, यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे लिख चुका हुआ एंड ओके करना ओके okay करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा एंड मेरे को जो ये देखो मेरा जो यहाँ पे टेक्स्ट ना ये मतलब दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे कलर्स पे जाऊँगा इसको मैं क्या करूँगा आई थिंक वाइट कर दूँगा ओके सो इसको मैंने मान मैंने वाइट कर दिया देन इसको मैं क्या करूँगा इधर रखूँगा तो ये दिखाई नहीं देगा तो हमको कुछ कलर चेंज करनी होगी अभी हाँ कोई क्या करना होगा ये जो पी मैंने दिया ना जो रेड वाइट कलर का इसको मैंने को कलरिंग करना होगा नहीं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको पर क्लिक कर दिया इसको मैं लॉक से ताला हटा दिया फिर इसको क्लिक कर दिया फिर गाइज मेरे को यहाँ पर जाके कलर पे जाके मैं ये क्या करूँगा मेरा थमदल का जो कलर्स है ना ये वाला चलो ये वाला कलर्स मैंने ऐड कर दिया ओके सो ये वाला कलर मैं ऐड कर, so, कर दिया नहीं तो भाई यार मतलब मेरा जो टेक्स्ट है ना वो दिखाई नहीं दे रहा है सो so, इसके बाद ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको लॉक कर दूँगा एंड मेरा नाम का जो है ना ये नाम को मैं क्या करूँगा सबसे पहले फिर इसको फ़ॉन्ट चेंज करना होगा तो ये अभी नीचे जाऊँगा नीचे जाऊँगा देख सकते हो तो वी का फॉन्ट है इसको ऊपर क्लिक कर दूँगा तो आपको फ़ॉन्ट का लिंक गाइज मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग डाउनलोड जरूर से कर लेना ओके so, सो so, मैं ये एक फ़ोन फटाक से चूज कर लेता हूँ फटाक से सो मैं ये वाला फ़ोन चूज़ कर लिया क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है मेरे को फोन ढूंढने का देन आपको क्या करनी होगा इसके ऊपर क्लिक करके इसको साइज़ के हिसाब से लेकर आना यानी ये या जाल के ऊपर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं आपका जो थंबनेल का जो आपका जो बैनर का साइज वो ठीक ठाक है या फिर नहीं ओके okay? देन मेरे को इस टेक्स्ट को एडिट करना है तो उसको एडिट करने के लिए सबसे पहले नीचे जाऊँगा नीचे नीचे नीचे नीचे उसके बाद देखो यहाँ पर इनर सेट इसको जाके मेरे को ऑन कर देना होगा दैन इसको ऑन करने के बाद हमको क्या करना होगा ये वाला कलर सेलेक्ट करना होगा दैन इसको कम कर देना ब्लार को एन इसको थोड़ा सा हम इस साइड पर लाएंगे ठीक है हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे थोड़ा सा ओके okay. देन मेरे को यहाँ पे क्या करनी होगी राइट right पे क्लिक करना देखो गाइज हमारा टेक्स्ट कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है एंड मेरे को यहाँ पे कुछ पीएनजी अभी ऐड करना होगा देन हमारा लोगो और भी ज़्यादा मतलब हमारा बैनर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा तो यहाँ पर क्लिक करके मैं क्या करूँगा सबसे पहले इस नाम को लॉक कर देंगे देन लॉक करने के बाद आपको क्या करनी होगी फिर से मेरे को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके टेक्सट पे क्लिक करके टेक्सट को लाना होगा देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा नीचे यहाँ पे जाकर पहले कलर चेंज कर लेता हूँ फटाक से व्हाइट कर देता हूँ वाइट करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरे को यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा टेज टेक ओके मतलब टेक वीडियोस आएगा ना उसके बाद तुम्हारा मान लो फैन लिख दिया उसके बाद लिखा मैंने अनबॉक्सिंग ओके okay, तो ये तीनों चीज़ मैंने लिखती दिया उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया देन ओके करने के बाद मेरे को क्या करना होगा मेरे को फ़ॉन्ट सेलेक्ट करनी होगी सो जाया मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट पे गया एंड फ़ॉन्ट पे जाके मेरे को ये वाला फ़ॉन्ट मेरे को सेट करनी होगी जो कि इस फटक से मेरे को अभी ढूंढना होगा इधर से सो यहाँ पे देख सकते हो तो ये वाला फ़ोन मेरे को सिलेक्ट करनी होगी उसके बाद मैं क्या करूँगा इसको नीचे रखूँगा ओके सो so, इसको नीचे रखूँगा नीचे रखने के बाद मेरे को क्या करनी होगी कुछ नहीं करना इधर स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद देखो इधर बैकग्राउंड है इसको आपको ऑन करना होगा देन आपको क्या करनी होगी ये वाला आपको मेरे को ये भरा देता हूँ तो देन इसको मैं क्या करूँगा भरा दिया उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करके ये टेक्स को मैं रुको ये वाला डिलीट कर दिया इसको मैं फोटो का नीचे मेरा नीचे लेकर आऊँगा तो देखने में और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है देखा आप लोगों ने एंड गए अभी क्या करना होगा अभी काम बाकी है तो हमको क्या करना होगा ये वाला को मैंने लॉक कर दिया सो so, इसको लॉक करने के बाद देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रहा है हो रहा है ठीक है होने दो आपको समझ में आना चाहिए सो so, आपको जो मेरा जो ये फोटोज़ देख रहे हो इसके ऊपर मेरे को ग्लो डालना है तो ग्लो डालने के लिए इसको ऊपर क्लिक कर दिया लॉक के ऊपर ताला भांग दिया तो भांगने के बाद मेरे को क्या करनी हुई यहाँ पर देख सकते हो ये फोटो के ऊपर क्लिक कर दिया दैन मेरे को इधर जाना एंड देखो शेडोस को मेरे को ऑन कर देना देन गैस देखो ये पे का ऑन हो चुका है एंड मेरे को ये जो व्हाइट वाला है इसको सिलेक्ट करके क्लास पर क्लिक करके इसका ओपचिटी थोड़ा सा कम कर देंगे सो इसको देखो कम कर दिया तो देन अच्छा लग रहा है इसको राइट पर क्लिक करके कर, फिर से मेरे को यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे ताकि ये हिले ना ठीक है तो अबे मेरे को और दो चार पी ऐड करनी होगी जो कि देखने में और भी ज़्यादा कूल एंड अट्रैक्टिव लगेगा सो उसके लिए मैं क्या कहूँगा प्लाजे इम्पोर्ट पर क्लिक किया सो so, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तीन तीन YouTube का PNG दो PNG है और एक पैसा का PNG एन जी के तो आपको इन सारे को चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको इसको क्या करेंगे out करके ठीक है so, सो सबसे सब पहले हम क्या करेंगे इस सारे चीज़ों को छोटे कर देता हूँ पहले इस साइड में रख देता हूँ देन हमको इस पैसे को क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे तो so, इसको हम लोग को इधर क्लिक करके जो पैसा है इसको हम इस साइज के नीचे रखेंगे हमारा जो कवर फोटो का साइज तो कि ये चीज़ इसका पीछे चला जाए ठीक है देन हमको इसको सिलेक्ट कर दिया ऐसे करके रख दिया देन उसके बाद हमको क्या करनी होगी उसके बाद हमको ये जो यूट्यूब का पी एन देख रहा हूँ ना ये वाला मैं इधर रखूँगा ठीक है तो इसको मैं इस साइड पर कर दिया देन हमको ये वाला इस साइड पे रख देना रखने के बाद देखो कितना ज़्यादा प्रोफेशनल अभी लग रहा है सो so, इसको इस साइड पे रखना अबे यार हट गया तो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा इसको मैं लॉक कर दूँगा ठीक है और ये वाला मैं डिलीट कर दिया देन इसको भी लॉक कर दिया सो so, अभी आप लोग देखो कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है ठीक है तो चाहो तो आप लोग और भी कुछ ऐड कर सकते हो लेकिन मैं कुछ ऐड नहीं करूँगा नहीं तो कचरा लगेगा एकदम पूरा हमारा जो बैनर है पूरा कचरा लग जाएगा ठीक है so, सो यहाँ पे मेरे को सारे के सारे चीज कंप्लीट हो चुका है तो अभी मेरे को क्या करना होगा इसको सेव करना होगा तो इसको सेव करने के लिए फोर और एट में सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है देन एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक कर देना देन आपको अगर एट में सिलेक्ट करना होगा तो आप क्या करना होगा यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे अल्ट्रा पे सिलेक्ट कर देना ठीक है so, सो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना देन आपका जो बैनर है ना ये सेव हो जाएगा तो आप लोग क्या करना है इस बैनर को मैं लगा के दिखाता हूँ कैसा लगता है ओके को चेंज करके आपको दिखाता हूँ जो मैं अभी बनाया कैसा लगता है और आप लोग भी इसको बनाना है मेरे जैसे मतलब एकदम कूल लगेगा देखने में देन मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया फिर इस साइज़ को आप लोग ऐसे करके छोटा करना फिर करना तो आपका जो ये बैनर है ये सेट हो जाएगा ठीक है तो देख सकते हो ये हमारा बैनर अभी सेट हो जाएगा कुछ देर बाद तो आप सभी लोगों को मैं बैनर बनाना सिखा दिया और यहाँ पे मैं सेट करना भी सिखा दिया सो गाइस कैसी लगी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि गाइस आपका भाई एकदम पूरे डिटेल से समझाता है वीडियो लंबी हो जाए हो जाए लेकिन आपका भाई ऐसा समझाएगा आपको भूलने में गाइस वो चीज़ बहुत टाइम लग जाएगा मतलब गाइस आपके भाई गाइस छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझाता है तो गाइज़ इसलिए भाई आपका भाई को यार सपोर्ट जरूर से कर देना एंड इस चैनल पे आप लोगों को फ्री गाइस एकदम यूट्यूबर बनने का मौका मिल रहा है जाओ यार चैनल चेकआउट करो सब कुछ सीखने को मिलेगा जीरो से लेके हीरो तक तो बाय बाय यार जाओ यार आप लोग भी यूट्यूब चैनल बनाओ आप लोग भी पैसा कमाओ मैं जैसे कमाता हूँ गाइज मेरा भी एक मेन चैनल है आपको पता नहीं होगा जिसका अंदर फाइव के सब्सक्राइबर्स है ये तो गाइज मेरा यार सेकंड चैनल है ठीक है सेकंड नहीं मतलब ऐसे चैनल है चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में टाटा बाय बाय जय भारत बंदे मातरम